आज हम आपको बताएंगे कि पहचान पत्र अब किस प्रकार से आप घर बैठे अपडेट कर सकते हैं अगर आपके पहचान पत्र में कोई भी गलती हुई हो नाम में डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में तो आप किस प्रकार से उसको घर बैठे स्वयं अपडेट कर सकते हैं इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि ईपी के पहचान पत्र किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्सन में पड़ा हुआ है आप उसको जा के देख लीजिएगा या हमारे प्ले में भी जा के देख सकते हैं तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं अपने पहचान पत्र में तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं ये ओपन मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इस ओपन पे आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से खुलेगा और खुलने के बाद आप यहाँ पर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर तो जो भी आप पहचान पत्र में मोबाइल नंबर रखना चाहते हो या मान लीजिए रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है लेकिन एक ये नंबर यूनिक होना चाहिए कि जिससे आपका जब करेक्शन हो जाए तो आप अपना पहचान पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए हम मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं जैसे ही आप वहाँ पर सेंड करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा तो यहाँ पे आपको फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं अब मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर सेंड ओटीपी टी इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको अपना ओटीपी दर्ज करना है तो ये आपका यह नंबर ही रजिस्टर्ड हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम इसको दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों ओ दर्ज करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली तो इस तरीके का आपको एक पॉपअप नज़र आएगा उस पर आपको ओके okay कर देना है ओके okay करने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करना है तो चलिए हम कर देते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ये देख सकते सेंड ओ आपको यहाँ पर फिर सेंड ओ टी क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ और पासवर्ड उस उसके लिए आपको यहाँ पे ओ भी दर्ज करना है और पासवर्ड भी अपना दर्ज करके लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देना है तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड और पासवर्ड दोनों डालने के बाद लॉगिन नाउ इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं अब इसके बाद आप ये देख सकते हैं एक्सप्लोर इस पे आपको क्लिक करना है और करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म एट इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास इस तरीके से नज़र आएगा जहाँ पे लिखा होगा माय नेम इज़ वोटर मित्र इसके बाद ये लेट्स स्टार्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ही देखिए डू यू आलरेडी हैवोटर आई डी कार्ड यानी आपके पास अगर कोई वोटर आई नंबर है तो वो आप यहां पर दर्ज करें तो यस है यस पे क्लिक रहने दी उसके बाद नेक्स्ट इस पर क्लिक कर दें इसके बाद अब आपके पास जो भी पुराना वोटर आईडी नंबर है वो आप यहां पर डालें तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर अपना पहचान पत्र का ई नंबर डालने के बाद अब आप ये देख सकते हैं फिच डिटेल इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसा ही आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर यह प्रोसीड बटन इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पास एक वोटर की स्लिप आ जाएगी तो आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि वह आप की है या किसी दूसरे की तो आप चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नाम जो आपका पहले था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा अब आपको इस पर जो भी करेक्शन करना हो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हमको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर देना है पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी आपका आधार पे, जो भी आपका पहचान पत्र में जिस तरीके आपका नाम रहा होगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा अब इस पर आपको कोई करेक्शन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ करेक्शन आपका हो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ या कुछ वही आप करें तो आप करने के बाद ये देख सकते हैं आधार डिटेल यहाँ पर हमने आधार नंबर भी डाल दिया है और ये बॉक्स का जो निशान है इस पर आपको टिक नहीं करना है क्योंकि ये उनके लिए जिनके पास आधार ना हो आधार नंबर डालने के बाद ये आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर अप्लीकेंट तो आप जो है आवेदक का मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं उसके बाद ये और मोबाइल नंबर और रिलेटिव अगर कोई रिलेशन में हो भाई बहन या किसी का भी पिता का आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसके बाद ई मेल अगर आपके पास है तो डाल दें ना हो तो कोई बात नहीं रिलेटिव की भी ई मेल अगर डालना चाहें तो डाल दें वरना कोई डालने की जरूरत नहीं है इसके बाद आप नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये इंटरफेस नजर आएगा यहाँ पे आपको देखना है कि आप सही क्या करना चाहते हैं तो देख, देख लीजिए सेकंड नंबर पर है करेक्शन ऑफ एंट्रीज एक्सीटिंग इलेक्ट्रॉन रोल तो इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ रिलेशन रिलेशन नेम एड्रेस मोबाइल नंबर फ़ोटो जो अब आप यहां पे करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इस पे यहां पर आप एक ही बार में सिर्फ तीन करेक्शन ही कर सकते हैं चाहे वो नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ हो या रिलेशन टाइप हो या रिलेशन नेम हो एड्रेस यानी एक बार में तीन कर सकते हैं आप एक बार की पूरे नहीं कर सकते तो चलिए दोस्तों हमको केवल अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही करना था तो और मोबाइल नंबर अपना तो बस हम यही दोनों चीज़ पर टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस पर क्लिक कर दिया हमने क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर इस पर क्लिक कर दिया और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये एज एज आपको डालने की जरूरत नहीं है चाहे तो इसमें आप दोनों में से एक कर सकते हैं उसके बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डाक्यूमेंट अब यहाँ पे आपको अपना डाक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट आधार पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आप जो चाहें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं तो अमूमन सभी के पास आधार कार्ड होता है तो यहाँ पर आप आधार सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट करने के बाद अटैच सेल्फ अटेस्टेड कापी ऑफ डाक्यूमेंट अब आपको एक यहाँ पर कापी स्वयं मतलब सेल्फ अटिस्टेड स्व प्रमाणित यहाँ पर आपको अब करनी है स्वप्रमाणित फ़ोटो आपको फोटो कापी अपलोड करनी है तो आप चाहें तो स्वप्रमाणित भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी डायरेक्ट गैलरी पर जा कर के भी अपलोड कर सकते हैं तो चलिए हम डायरेक्ट गैलरी से उठा लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आधार कार्ड ये अपलोड कर दिया है वो आधार कार्ड अपलोड करने के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर इस यहां पे अब आपको अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आधार हमने अपलोड कर दिया है अब आधार अपलोड करने के बाद ये मोबाइल नंबर तो ये हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आप ये नेक्स्ट जो देख रहे हैं इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये डिक्लेसन का फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ है ऑलरेडी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट ये नेम ऑफ द एप्लीकेंट है तो ये नाम भी अपने आप ही भर करके आ जाएगा बस आपको यहाँ पर अपना प्लेस डालना है जो भी आपके शहर हो या जिला हो ग्रामीण जो भी है ये ये आपको भरना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों हम भर देते हैं तो दोस्तों ये आप अपने ज़िले का नाम डालने के बाद ये डन इस डन पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस डन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा तो इस फॉर्म को आप अच्छी तरीके से चेक कर लें चेक करने के बाद कन्फर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं थैंक यू योर अपल्लीकेशन हैज़ मिन सबमिटेड सक्सेसफुली डेट अट्ठारह दस दो और एक रिफ्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा तो इस रिफ्रेशन नंबर को आप चाहें तो कहीं लिख करके रख लें या चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेने के बाद अब आप इसको रख लें जब भी आपका, आपका करेक्शन हो जाएगा तो करेक्शन होने के बाद इसको आप ये रिफ्रेशन आईडी वगैरह ये डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं तो दोस्त इसके बाद ओके कर दें ओके करने के बाद हम आपको चेक करने का भी तरीका बता दे रहे हैं जब आप ये फॉर्म इस इसी एप्लीकेशन से सबमिट कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपको आना एक्सप्लोर पर यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अभी आपने जो भी अप्लाई किया है फॉर्म तो ये रिफ्रेशन आईडी डी यहाँ पर आपको वही रिफ्रेशन आईडी कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देनी है और ट्रैक स्टेटस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नाम जो हमने करेक्शन किया था उसका नाम उसका पता सब आ गया है तो आप यहां पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश फ़तेहपुर फॉर्म नंबर जो हमने करेक्शन किया है वो फॉर्म का नंबर भी आ जाएगा और कब हमने किया है तो ये आप देख सकते हैं डेट भी आ जाएगा और समय भी तो सबमिटेड और जब ये यहां से हमने जब सबमिट कर दिया है तो ये सबमिट होने के बाद सीधा पहुंचेगी बी के पास वो रिपोर्ट लगा देगी लगाने के बाद यहाँ पर एकप्ट या रिजेक्ट अगर आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपका नाम वग़ैरह सही हो जाएगा मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है किसी भी रीजन की वजह से तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों धन्यवाद